थोड़ा फीलिंग तू तो एक वे, ए उम्मीद कदे जाने तो जान जान तो जान जान तो जान मासूमियत लुट ज गई जो चेहरे तो तू तो यारी की करूंगी तभी तो तो जे शतला तो तू तो यारी